कटनी में मार्बल कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है टीम ने कारोबारी के बंगले और मार्बल खदान सहित चार ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई की है। टीम करोड़ों रुपए के लेन देन वाले कागजातों की जांच कर रही है इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जयपुर और उदयपुर में जेपी अग्रवाल के बंगले पर छापामार कार्रवाई की है इसी कड़ी में इनकम टैक्स विभाग ने कटनी में जेपी अग्रवाल के भतीजे सुमित अग्रवाल के घर छापा मारा टीम ने सुमित अग्रवाल के चार ठिकानों पर छापा मारा है आपको बता दें सुमित अग्रवाल ओजस्वी मार्वल और पैसिफिक मार्वल में पार्टनर के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं टीम करोड़ों रुपए के लेनदेन वाले कागजातों की जांच कर रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज